मैं मैं उसको, मैं उसको वो कभी मुझको उस निगाह से देख ही लेते लेते लेते हैं। हैं। हैं। मैं उसको कभी वो मुझको उस निगाह से देख ही ही ठंडी राख में दबी आग सी उम्मीद को लेतेफ सुबह के पैमानों से दोस्ती और समाज के खानों से अंजाम के डर से निकल नहीं पाते हैं और हम जैसे कल थे वैसे आज भी